तो मैक तो हेलो गाइस न्यू वीडियो आज हम बनाने हैं दाल गाय है। है है। प्याज हमने छोड़ दिया था आप छोड़ते, है। गाई। तो गाई, छोड़ते हैं चेक कर मेरा चीज में मेरा बड़ा पता भी नहीं कितनी छूटेगी अभी ज़्यादा गिर जाएगी ये छोड़ दिया हमने इसमें धनिया दो चम्मच थोड़ी सी हल्दी इसको घुमा देते हैं चक्री गाइज चीज इसमें छोड़ते हैं थोड़ा सा पानी छोड़ दिया पानी का इस चेक करिए चेक करिए रखिए हमारी दाल ये सारा मसाला है तो चलो अब दाल दो तो लाती है तो गाइस चेक करिए अभी ग्रेवी देखा इसमें छोड़ दिया अब दाल दाल में दो कर लिया है देखो, ये रही ये रही, अब तो छोड़ते इसमें दाल आइए तो गाइस दिक्कत हो गया, एक हाथ से फोन पड़ रहा है एक हाथ से चुप रही है तो मिलते हैं छोड़ कर डाल भाई छोड़ दिया हमें दाल इसमें ये चेक करिए छोड़ दिया अब इसमें छोड़ते हैं पानी छोड़ दिया हमने इसमें पानी देख के ग्रेवी तो सही उठ दिया ठीक है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो वीडियो अच्छी तो कैसी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेना फिर फिर और लाइक कर देना शेयर